यात्रा ये और सब बढ़िया होंगे बढ़िया ही होने चाहिए तो मैं तो भी जस्ट अभी तो उतरा गाड़ी से तो पानी पी लेते हैं। तो हूँ अभी तो मैं गाड़ी से उतरा और आज इतना ज़्यादा लेट हो गया मतलब तकरीबन मैं डेढ़ घंटा लेट पहुँचा और अभी बच रहे सारे बस आज का ब्लॉग मैंने तो अपलोड किया और ब्लॉग ब्लॉग अपलोड करने के बाद मैं जस्ट सो ही गया था एकदम से मतलब मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे जॉब पे भी जाना मतलब इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और रात में एक मूवी देखा मुन्ना भैया की जो एक मूवी नीव वाली आएगी ना वो घर से उसका पक्का मार के भगाते वो वाली मूवी थी वाली मूवी वो रील मैंने देखी और उसके बाद से मुझे कुछ पता ही नहीं था तो मैंने जो है वो रील देखने के बाद मैंने सर्च किया सर्च किया यूट्यूब पर जाके ये ये मूवी तो उसके बाद मुझे दिखी तो मैंने देखा और तरीबन मैं डेढ़ घंटा मूवी देखा और उसके बाद अभी भी देख रहे अभी भी नींद ही आ रही थी और ये पानी नहीं होता ठंडा <laughs> पानी दो तो मेरी वात लग जाती तो चलते अभी फटाफट पड़ से तो और मैंने आपको बोला था टेन के सब्सक्राइबर का कहीं तो शेयर करो यार कोई तो हेल्प करो कोई कर ही नहीं जाए यार मतलब ऐसा लग रहा है कोई सिर्फ देखते ब्लॉग देखो मतलब आप शेयर भी तो करो कम से कम मैं बहुत ज़्यादा एकदम टायर्ड हूँ रात की वजह से रात में मुझे मूवी नहीं देखनी चाहिए थी पता है भी क्या कर सकते अभी चलते फटाफट से और अभी इस चैनल पे मेरे को एक और जो है न्यू वो आप लोग सरप्राइज़ देना है आप लोगों को और तो सरप्राइज़ भी बहुत जल्दी आने वाला है तो सरप्राइज़ क्या होगा मुझे ख़ुद को नहीं पता है तो जब तक भाई लोग गाँव से जाके लिखन आएँगे मैं यहाँ पे हूँ और चाचा चाचा मेरे साथ रहेंगे चाचा लोग तो उन जब तक गाँव से जा के आएँगे उसके बाद ही मेरे को लग रहा है सरप्राइज़ मिलेगा और कहा सरप्राइज़ में मुझे कुछ तो नहीं पता तो चलते फटाफट से ये ब्लॉग इत भी ख़त्म करते शाम को शुरू तो तो तो कर पाऊँगा तो हूँ उनको फिलहाल घर पे जा जाकर अभी दो दिन से ब्लॉग घर पे ही ख़त्म हो रहे तो चलते सो so गाइस अभी फाइनली घर पर पहुँचाऊँ और मोबाइल थोड़ा हिल रहा है थोड़ा कॉँप रहा हूँ तो अभी घर पर पहुँचाऊँ और यहाँ ऊपर आ मैं बैठ के अपने यहाँ पर बेड पर बैठा हूँ यहाँ पे जो रिलैक्स मुझे मिलता वो मुझे कहीं नहीं मिलता मुझे ऐसा लगता है और सबसे मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ बैड न्यूज़ ये है कि प्रो राइडर 1000 का चैनल है अगस्त क्या नाम था अगस्त चौहान करके कोई भाई है उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनकी डेथ हो गई है तो उनके लिए प्रे करो को तो मतलब उनके घर वाले और कोई भी वीडियो इधर उधर बता दो क्योंकि उनके घर के सामने अब जा रही तो उनको कैसा फील हो रहा है मेरे अंदर से मतलब मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही अब सोच रही रहे उनके घर पे क्या सिचुएशन हो हुई रहेगी <coughs> तो भी तो भाई का एक्सीडेंट तो हो गया तो प्लीज़ मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि जो भी ये मेरा ब्लॉग देखता है मैं गाड़ी चलाऊं नहीं चलाऊं फ़र्क नहीं पड़ता हो उनका कोई राइडर प्रो राइडर वन थाउजेंड करके चैनल है उनका अगस्ता चौहान तो वो बाइक का डेत हो गया क्यों डेथ हुआ उसकी रीज़न है कि वो आमिर माजिद है उनके साथ उन्होंने खतरनाक वाली अपनी कोलेब्रेशन की बाइक के साथ मचाया उन्होंने फिर अचानक से कुछ तो हुआ फिर बाइक में कावासा की गंजा जेड एक्स तैनात आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा पावर रहती है उसके तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप अगर गाड़ी चलाते हो तो प्लीज़ समझ के प्यार मोहब्बत से चलाओ क्योंकि भाई आप अपनी लाइफ तो खो रहे हो पर साथ में मम्मी पापा रहते हैं ना उनकी लाइफ की वाइट लग जाती है तो मतलब रह नहीं पाते वो बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि आपको 18, 19 साल 20 साल 22 साल, साल तक आपको खड़ा कर दिया फिर अचानक से ये हो जाएगा कौन सा पाएगा आज के दिन में आज के टाइम में तो जो है दो साल डेढ़ साल भी क्या छः महीने प्यार के होते हैं और छोड़ के जाती है तो ख़ुद को जैसा फ़ील होता है एक टाइम के लिए वैसा सोचो कि मम्मी और पापा तुमको 20 साल बाईस साल से पाल रहे हैं तो उनके लिए एक बार तो गुलाबी दिल कमेंट करो मम्मी पापा के लिए और वो भाई के लिए प्रे करो कि उनके घर के सिचुएसन थोड़ी तो आउट ऑफ कंट्रोल है तो अभी हो जाएगी न्यूज़ वाले बहुत ज़्यादा उनके घर पर जा रहे हैं तो वो देखते अभी मेरे ब्लॉग पसंद है पसंद है तो लाइक को मेरे हो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करो और शेयर करो